नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएँगे आप YouTube चैनल कैसे बना सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को वाच वो, करने के लिए चलिए शुरू शुरुआत से पहले आपको अपना YouTube चैनल ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पे टी नाम का ऑप्शन दिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है यहाँ पे आपको जो भी चैनल का नाम हो अब यहाँ पे प्लस के आइकन पर ऑप्शन करना है ऑप्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है अब आप पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना फॉर माय माइ सेल्फ यानी खुद के लिए बनाना चाहते हो हूँ टू मैनेज माय अकाउंट फोर मैनेज माय अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ अब अब यहाँ पे सबसे पहले पहला नाम लिखना है आप किस तरीके के चैनल बनाना चाहते हो यानी मैं लिख दूँ टी स्मार्ट टिप्स स्मार्ट और लास्ट में लिख दूँ टिप्स ये थोड़ा सा गलत होगा टी स्मार्ट टिप्स मैंने ये किया आगे आगे आगे और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तेरह दो चार और अब यहाँ पे आप फीमेल वो मेल जो भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आई शो कर दी है तेजी मार्ट मैंने इस पर क्लिक किया ये आपको पासवर्ड डालना है पासवर्ड मैं जैसे भी डालता हूँ ये मैंने डाल दिया अब मैं शो पासवर्ड क्लिक ओके क्लिक करना है ये साइन मेन अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है अब फिर से आइए एक रीपे क्लिक करना है आप लोग ऐसे करना तो दोस्तों अब यूट्यूब को रीसेंट करना है फिर से ओपन करना है जैसे ओपन किया मैंने अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी वो आ जाएगा इस पर क्लिक करता हूँ जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया ये आ गया और आप इस अकाउंट पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको यौर चैनल पर क्लिक करना है यौर चैनल पर आपका नाम मिल है चैनल का तो अब यहाँ पे क्रिएट एव चैनल करना है यह आपका चैनल बन गया थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स